तो भाई रात के 12 बज रहे हैं और ये सुनसान रास्ता है इधर में भूत भूत निकलने का चांसेस है पता नहीं कि क्या हां से कहा निकले भाई और पूरा रोड एकदम खाली है समझ में नहीं आ रहा है कि कहा जाऊं और क्या करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो ये भूतिया रास्ता है और बहुत लोगों का मानना है तो इधर में रास्ते में बहुत कुछ दिखाई देता है रात के इस अंधेरे में रात बारह बजे के बाद है ये इस रास्ते पे जो भी गुजरता है उसको कुछ ना कुछ दिखाई देता है तो हम आज देखेंगे कि यहाँ पे असल में सच में भूत भूत, भूत को नाम का कोई कुछ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है तो आप वीडियो पे बने रहिए आप आखिर तक देखते रहिए कि लास्ट में क्या दिखता है कि जो लोग कहते हैं कि इस रास्ते पे भूत भूत कुछ दिखाई देता है कि सच में वो सच बोलता है क्या झूठ बोलता है वो भी आ, देखने के लिए है मैं एक हाथ में फोन को पकड़ा हूँ और एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हमारा बाइक है पूरा 180 किलोमीटर स्पीड में है और हमारा इधर आने के बाद जो कैमरे में फोकस नहीं ले रहा है दोस्तों फिर से हमने कैमरा को ऑफ करके फिर से ऑन किया और उसके बाद फोकस लेना शुरू हो गया लेकिन ठीक है इधर पूरा फोकस मोड आ गया फोकस ले रहा है अभी ठीक है लेकिन उस जगह में क्या हुआ मेरा जो कैमरा का फोकस मोड था वो पूरा सा ब्लर हो गया सच बताऊं लिटरली आप यकीन नहीं करोगे लेकिन ये हंड्रेड सच है कि हमारा जो फोकस था वो हट गया था ठीक है और मैं इस वीडियो बनाने के लिए मेरे दोस्त